सिंगरौली के मोरबा स्थित आदिशक्ति बूढ़ी माई मंदिर में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के, के साथ मनाया जा रहा है बूढ़ी माई मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना माता पूरा करती है आदिशक्ति बूढ़ी माई मंदिर सेवा समिति ने बताया की नवरात्रि का पर्व यहाँ बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष दोनों नवरात्रों में माता रानी के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त अपनी मन्नतों को लेकर पहुँचते हैं और माता रानी उनकी मन्नतों को पूरा करती है इस मौके पर मंदिर समिति कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है वही कार्यक्रम में दूर दूर से कलाकार और भजन गायक यहाँ पहुँचते हैं। पर्व के दौरान 108 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और इसके साथ साथ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाता है आदिशक्ति माय मंदिर में प्रत्येक नवरात्रि में बड़ी संख्या में माता रानी के भक्त पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं मंदिर समिति द्वारा नवरात्रि में बड़े बड़े कार्यक्रम कराए जाते हैं इस वर्ष भी नवरात्रि में मंदिर समिति द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है एक अक्टूबर से वाराणसी से आए हुए कलाकारों के द्वारा जागरण का आयोजन किया गया है दो अक्टूबर को जबलपुर से आए हुए कलाकारों के द्वारा भव्य जागरण का आयोजन किया जा रहा है तीन एवं चार अक्टूबर को जबलपुर गुजरात मुंबई से आए हुए कलाकारों के द्वारा दंडिया एवं गरबा का आयोजन किया जा रहा है